बात करने की वसूलों की सभी करते हैं वोट लेने का ये नाटक है इसे खत्म करो ये जो आज़ादी है गुलामी से भी बदतर है ये जो चिंतन है घातक है इसे बंद करो कवि की आवाज़ बगावत पर उतर आई है दल के दल दल से हमें कोई सरोकार नहीं तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं